बाद भी चल रहा है तो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आई अब अच्छे होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को पूरा पावी पुस्ता दिखाने वाला हूं जो कि खजूरी से निकल के और ये बागपत के लिए जाएगा तो वहीं पर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से ये ग्राउंड लेवल का एक्सप्रेस को तैयार किया जा रहा है पाबी को तोड़ के तो सारा ब्लैक टॉप तोड़ने के बाद में दोस्तों देख सकते ये सिंगल लाइन छोड़ी है इन्होंने बाकी दोनों साइडों में दोनों साइडों में कंस्ट्रक्शन वर्क अभी बहुत तेजी के साथ में चल रहा है दोस्तों और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के साथ में केपी संत आप सभी लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन लाता रहता है और आप लोगों को दिखाता रहता है दोस्तों तो आप सब उसको देख सकते हो यहाँ पर ये यह चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का वर्क जो कि इन्होंने पुराना ब्लैक टॉप तोड़ दिया है और तो तोड़ने के बाद में आप लोगों को दिखा देता हूँ देख सकते हो लोकल ट्रैफिक के लिए उन्होंने एक तो लेयर वो बना दिया पहले ही बना दी थी है और उसके बाद में देखो ये वर्क चल रहा है यहाँ पर जो कि एक्सप्रेस लाइन है वो बनाई जा रही है तस्वीरें देख सकते हो वो साइड वॉल लगाया जा रहा है और साइड वॉल लगाने के बाद में ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वर्क चल रहा है तेजी के साथ में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो यहाँ पर वो मिट्टी उठाई जा रही है देखो वो घर भी जे है जो कि मिट्टी को निकालने का काम चल रहा है ये देख सकते हो तस्वीरें ये देखो ये जे लगा हुआ है और ये मिट्टी को निकाल रहा है और मिट्टी को निकालने के बाद में फिर इसमें साइड बोल लगाई जाएंगी साइड बोल लगाने के बाद में लोकल ट्रैफिक के लिए बोल लाइन रह जाएगी और एक्सप्रेसवे की लाइन ये वाली रहेगी तो देख सकते हो बर्क ये चल रहा है यहाँ पे, तो जो पुराना ब्लैक टैक्स था वो सारा तोड़ दिया इन्होंने दोस्तों आगे देख सकते हो तस्वीरें किस तरीके से ये बर्क चल रहा है और आपको बता दूँ कि जो बीकल अंडर है वो आगे है वो विजय बिहार के लिए विजय बिहार के सामने तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कुछ यही वर्क चल रहा है तो आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों देख सकते हो एक्सप्रेसवे वे की लाइन जो इन्होंने ब्लैक टॉप तोड़ दिया है और आगे ये अंडर पास बनाया जा रहा है यानी कि बीकल अंडर पास है और देख सकते हैं किस तरीके से ये साइड बॉल लगाए जा रहे हैं वो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो तो ये देखो सारे में इन्होंने ये मिट्टी डाल दी है ये देखो इसको सारे में लेवल कर दिया है अभी तो इस जैसे जैसे ये साइड बॉल लगा दी लगाएंगे साइड बॉल लग जाने के बाद में फिर इस पर, इस पर और मिट्टी की लेयर चढ़ाई जानी है इसके बराबर किया जाना गाइस आपको बता दूँ देख सकते हो यहाँ पर ये साइड बॉल लगाने का काम चल रहा है ये देख सकते हो ये यहाँ पर क्रेन मशीन खड़ी हुई है क्रेन मशीन द्वारा इसमें साइड बॉल लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊँचा करते रहेंगे वैसे ही वैसे इसमें मिट्टी की लेयर बिछाते रहेंगे दोस्तों तो अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों क्योंकि अभी लोकल ट्रैफिक के लिए वो वाली लाइन पहले ही बना दी है उन्होंने और इसी वजह से यहाँ पर ये एक्सप्रेस लाइन के लिए ये वर्क किया जा रहा है देख सकते हो ये साइड बोर्ड लगी हुई है लगा रहे हैं और फिर इसमें मिट्टी डाल रहे हैं और इधर आपको बता दूं कि ये बीकल अंडरपास बनाया जा रहा है और जो जगह है ये है विजय बिहार दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो सारा इधर दोनों साइड का ही ब्लैक टॉप तोड़ दिया इन्होंने जो बीच की लाइन थी वो बिल्कुल बंद कर दी है और ये साइडों से सा ही ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है तस्वीरें देख सकते हो जो हम खजूर से जाएंगे बागपत के लिए तो उसकी अभी लाइन बची हुई है वो भी अभी बंद कर दी जाएगी कुछ दिनों में क्योंकि अभी नीचे का जो लोकल ट्रैफिक के लिए जो रोड बनाई जा रही है वो साइडों में बनाई जा रही है दोस्तों तो वो उस, उस चीज़ का मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया है नहीं देखा है तो माई बटन में लिंक दे दूंगा आप लोग देख लेना दोस्तों और देखो कुछ इस तरीके से ये बीकर अंडरपास बनाया जा रहा है बीकर अंडर पास बन जाने के बाद में दोस्तों फिर इस पर तेजी के साथ में वर्क किया जाना तो देख सकते हो इसमें अभी इन्होंने फ्लोरिंग कर दिया है नीचे और फ्लोरिंग करके और ये साइडों की जो दीवारें हैं जो वाल हैं वो सरिया खड़ा कर दिया है देख सकते हो अब इसमें क्या किया जाएगा अब इसमें साइड बॉल लगाई जाएंगी इसमें कॉन्क्रीट भरा जाएगा तो यही नज़ारा है यहाँ का जो जो ये वहीकल अंडरपास बनाया जा रहा है वो विजय बिहार के ही सामने बनाया जा रहा है दोस्तों और काफ़ी लंबा चौड़ा अंडरपास है दोस्तों देख सकते हो एक आने का है दूसरा जाने का है मतलब कि लेफ्ट से उधर से आएंगे और राइट से इधर से जाएंगे तो यही है नज़ारा और एक और आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा देख सकते हो आप लोग तस्वीर गई कुछ यही बनाया जा रहा है वही अंडरपास अंडर अब चलते हैं हम आगे और आगे दिखाते हैं चल के जो एक्सप्रेसवे की जो साइड वॉल है उनका सेफ्टी के लिए किस तरीके से वहां पर प्लास्टिक की वो लगाई जाती हैं पट्टियां तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी आगे तो देख सकते हो यहाँ पर अब मेरे लेफ़्ट हैंड पर देख सकते हो ये साइड बोल लगा दी दिए यहाँ पर और इसमें देखो मिट्टी की लेयर अब डाली जा रही है बिछाई जा रही है क्योंकि गड्ढा इसलिए करते हैं ताकि नीचे से ऊपर करके लाते हैं ताकि उसमें कोई बम्बलिंग ना हो ऊंचा नीचा ना रह जाए रोड तो इस वजह से यहाँ नीचे से खुदाई करके फिर ऊपर में लाते हैं लेयर डालते हुए तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे तो आगे दिखाते चल के देखो दोनों साइडों में ही ये लगाई जा रही हैं देखो इधर भी ये साइड बॉल लगा दिया उधर भी साइड बॉल लगा रहे हैं और बीच में ये देख सकते हैं ये साइड बॉल को रोकने के लिए इसके सेफ्टी के लिए इसमें बीच में ये पट्टियां गेर लगाई जाती हैं ताकि ये साइड बॉल निकल ना जाए तो काफ़ी मजबूती के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और देख लो आप लोग पावी के पहले कैसा था और अब कैसा होने वाला है दोस्तों आपको लगेगा ही नहीं कि कभी ये पावी हुआ करता था देख सकते हो ये पट्टियाँ लगाई जा रही हैं ये ब्लैक और बहुत ही मजबूत होती हैं इसमें ना ये गलती हैं ना कुछ क्योंकि इसमें प्लास्टिक है और इसमें जो है इसमें धागे हैं बहुत मजबूत वाले रेशम के धागे तो ये गलने नहीं देती है प्लास्टिक गलती नहीं है पहली बात तो प्लास्टिक तो यही सीन है गाइस देख सकते हो आप लोग तस्वीरें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस में आप सभी लोगों के पीच में पर लाता रहता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता और जैसे ही मैं कोई वीडियो घेरता हूँ आप लोगों के पाच में तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा और देख लाइक शेयर कर देना है दोस्तों और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो तो देख सकते हो ये जो साइड बॉल के सेफ्टी केबल डाले जा रहे हैं देख सकते हो ये पट्टियाँ ब्लैक बहुत मजबूत होती हैं तो यही कर रही है यहाँ की टीम तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और जो यहाँ पर कंपनी कम, वर्क कर रही है वो है गवार कंस्ट्रक्शन देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पट्टियाँ बनाई जाती हैं इस तरीके से ये निकालते हैं बीच में से और फिर इस तरीके से ये लगाएंगे, तो यहीं तक रहेगा फिर इस पर मिट्टी की लेयर डाल दी जाएगी मिट्टी की लेयर डालने के बाद में फिर कंक्रीट की लेयर डाली जाएगी कंक्रीट की लेयर डालने के बाद में दोस्तों फिर इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा तो ये दब जाएँगे अब जो आप लगा सकते हो कि ये साइड बॉल्ड निकलने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना के बराबर हो जाता है तो ये ही सेफ्टी के साथ में किया जा रहा है दोस्तों देख सकते हो पावी पुस्ते को बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा आने वाले कुछ टाइम में दो तीन महीने बाद देखना इसको पावी पुस्ता आपको चमकेगा ही नहीं क्योंकि सारे में ही है एक्सप्रेस वे की लाइन चमकने वाली आप सभी को दोनों साइड का ये बीच का जितना भी वो था वो तोड़ दिया है ब्लैक टॉप तो देख सकते इसके रोल ये रहे किस तरीके से ये लगाए जाते हैं किस तरीके से ये इसमें लगाते हैं और किस तरीके से इन पर आप मिट्टी की लेयर डाली जाएगी तो अभी तो और ऊंचा किया जाएगा इसको तो इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पापी पुस्ता पर और आपको बता दूँ खजूरी खजूरी से निकलने के बाद में और जो आता है विजय बिहार उसी के बीच का ये नज़ारा है और अभी तो राम पार्क भी आने वाला है जहाँ पर दूसरा अंडर बनाया जा रहा वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल देखो ये सरिये यहाँ पर लगा रहे हैं ये यह, यहाँ पर गड्ढा कर ये ठोक रहे हैं देखो जैसे कि ये ये देखो यहाँ पर ये टीम वर्क कर रही है इसको ये सरिये डाले जा रहे हैं इसको देखो ये यहाँ पर ये गड्ढा कर रहे हैं इसको दबा रहे हैं सरिये को फिर इसमें ये फंस जाएगा फिर निकलने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा दोस्तों तो यही नज़ारा है देख सकते हो ये साइड बॉल इधर साइडों में रखे हुए हैं तो अभी एक साइड के ही बनाए जा रहे राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के पर तो अभी इसमें साइड बॉल लगाए जाएंगे फिर इस पर मिट्टी की लेयर डाली जाएगी मिट्टी के लेयर डालने के बाद में फिर इसमें इसी तरीके से इधर भी किया जाएगा तो देख सकते हो ये थ्री लाइन इस साइड में थ्री लाइन उस साइड में आप लोगों को सिक्स लेन का ये एक्सप्रेस देखने के लिए मिलेगा और सिक्स और सिक्स लेन ही लोकल ट्रैफिक के लिए दी जाएंगी दोस्तों तो ये 12 लाइन का एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो हमारे डेली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है दोस्तों और ये देहरादून तक जाएगा बागपत बढ़ोत सहारनपुर होते हुए और ये निकल जाएगा सीधा देहरादून के लिए दोस्तों तो आप लोग बताना कि आप सभी को केपी पी संत द्वारा वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं आप लोगों के बीच में वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों देख सकते हो कितना चौड़ा है ये अब थ्री लेन उस साइड की हैं और थ्री लेन इस साइड की हो जाएंगी तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा ये और आपको बता दो ये सिक्स लेन एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला जो दोस्तों क्योंकि ये ब्राउनफील्ड एरिया है तो ब्राउन फील्ड एरिया में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत मंदा मंदा चल पाता है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की वजह से आवाजाई की वजह से यहाँ पर बहुत स्लो काम होता है और ग्रीन एरिया में तो बहुत तेज़ी के साथ में काम होता है क्योंकि वहाँ तो कोई रोक टोक ही नहीं होती है तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है ब्राउन एरिया में तो आप लोग बताना दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा तो देख सकते हो यहाँ पर यह साइड बॉल लेफ्ट हैंड पर भी साइड बॉल लगा दी जा चुकी है और एक एक लेयर मिट्टी की भी डाल दी जा चुकी है और देखो जे सी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कि मिट्टी को लेवल कर रहा है ये मिट्टी को लेबल करता हुआ जा रहा है और मिट्टी को लेवल करने के बाद में फिर इसमें साइड बॉल लगाई जाएंगे साइड बॉल लग जाने के बाद में फिर इसमें मिट्टी की लेयर डालना स्टार्ट कर देंगे और साइड बॉल को भी ऊपर खड़ा करते रहेंगे और मिट्टी की लेयर डालते रहेंगे जब तक कि ये अपने लेवल पे नहीं आ जाएगा दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ और बहुत नीचे है ये तो नीचे से ही बन ऊपर की साइड में आएगा दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो तो अभी यही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है डेली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों तो देख सकते हो ये एक्सप्रेस वे की लाइन होने वाली है तो इसी से इसी लिए साइड वॉल ये लगाए जा रहे हैं फिर उसके बाद में इसमें लोकल ट्रैफिक के लिए भी अभी जगह बनाई जाएगी जो कि मिट्टी आप लोगों को उधर उधर की साइड में पड़ी हुई है वो सभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम में तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो के संत के चैनल को दोस्तों और साथ ही साथ में बेल आइकन बजा दिया करो ऑल पर सिलेक्ट कर लिया करो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ वैसे तो ही आप लोगों के पास में तुरंत पहुँचेगा और आपको लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तो आप सभी बता सकते हैं के के पी द्वारा आप लोगों को कैसी इन्फॉर्मेशन लगी तो मैं देख सकते हो एक एक चीज़ आप लोगों को बताता हुआ और दिखाता हुआ चल रहा हूँ इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर का पापी पुश्ते का नज़ारा है ये और ये ग्राउंड फील्ड और ये ग्राउंड लेवल पर रहने वाला है दोस्तों आगे से आपको बता दूँ ये एलिवेटेड हो जाएगा यहाँ पर ये पाँच छः किलोमीटर का पार्ट है जो ग्राउंड लेवल पर ही रहेगा दोस्तों और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है राम पार्क ये राम पार्क का रास्ता है देख सकते हो यहाँ पर और ये पुलिस चौकी है तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वैलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय